हाँ जी सर ये क्या है सर ये धरती है ये धरती नहीं तुम्हारी माँ है तुम्हारी आन है तुम्हारी शान है मिहिर जी सर ये क्या है सर ये साहिल की माँ है उसकी जान है उसकी शान है और मेरी मौसी है